आज मास्टर स्ट्रोक सबसे पहले हम उस खतरे की बात करेंगे जिसका एहसास आपको अभी नहीं हो रहा है जिससे लगातार हम आपको आगाह कर रहे हैं आपको याद होगा इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में हम लगातार आपको कोरोना से आगाह करते रहे भीड़ ना लगाने की सलाह देते रहे लेकिन कोई नहीं माना और नतीजा पूरे के पूरे हिंदुस्तान ने देखा भारत में दूसरी लहर के रूप में कोहराम मच गया एक बार फिर तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ी भूमिका कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की होगी जो भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसीलिए सावधान करने के लिए आज हमने इस खबर को चुना है बाकी सारे मुद्दे पीछे है बाकी सारे मुद्दे छोटे हैं आपकी जान आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है देश में ओमिक्रोन के अब तक कुल तिरपन केसेस आ चुके हैं महाराष्ट्र में क्रोन के आठ नए मामले मिल गए हैं कुल 28 केसेस अट्ठाईस कर्नाटक में तीन मरीजों की पहचान हो चुकी है गुजरात में भी केरल में एक मरीज की पहचान हो गई है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूता अचूत, नहीं है वहां भी एक एक केस मिल चुका है ये केस अभी तेजी से बढ़ेंगे ये दो चार पांच छह सात कब सात हजार में तब्दील हो जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा क्योंकि लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा है जगह जगह लोग भीड़ लगा रहे हैं और इसलिए मास्ट स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखिए कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता है सिर्फ आप और आपकी जिम्मेदारी रोक सकती है आपको देश के बड़े शहरों की ये बेतहाशा भीड़ बता रही है की लोगो को अब डर नहीं लग रहा दूसरी लहर से ठीक पहले जब ऐसी भीड़ लगती थी, तो लोगों में थोड़ा-बहुत डर इसलिए था, था। क्योंकि सबका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अब तो एक डोज लगभग सभी को लग चुका है और बड़े शहरों में ज्यादातर लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है इसलिए ये भीड़ किसी से नहीं डर रही आपको लगता है कि जो सब झूठ है सर आपको लगता है तीसरी लहर आने वाली है क्योंकि आपने मास्क जिस तरह से लगा रखा है सबसे पहले खतरा आप ही को है नहीं कोई ऐसे है खाली जो होना था हो चुका है लेकिन ऐसी भीड़ से सावधान रहना है क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रोन के दौर में ये भीड़ कोरोना फैला सकती है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वेरिएंट दुनिया के पैंसठ से ज्यादा देशों में फैल चुका है इसके सबसे ज्यादा 4,713 मामले यूके में हैं। इसके अलावा डेनमार्क में करीब चौतीस नॉर्वे में ग्यारह साउथ अफ्रीका में 900 अमेरिका में एक और कैनेडा में एक केस है पूरी दुनिया में ओमिक्रोन वेरियंट के कुल बारह हजार ज्यादा केस आ चुके हैं का सबसे ज्यादा कहर यूके में है। है। तो के पहले मरीज की मौत भी हो चुकी इंग्लैंड में ज्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके बावजूद ये वेरिएंट फैल रहा है इसीलिए अब सरकार का जोर वैक्सीन का बूस्टर डोज देने पर है ये भीड़ बूस्टर डोज लगाने के लिए ही है वैक्सीन का तीसरा टीका लेने के लिए इंग्लैंड में लाखों लोग ऐसे ही लाइनों में खड़े रहे ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने रविवार को ही यह फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर सभी को बूस्टर डोज दिया जाएगा इस बीच ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में एक चौंकाने वाली आशंका भी जताई गई है इस स्टडी में कहा गया है कि ब्रिटेन में ओमिक्रोन ऐसी पचहत्तर लोगों की मौत हो सकती है अगर नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो अगले साल अप्रैल तक कहर फैल सकता है ये भी कहा गया है अस्पताल में भर्ती होने के मामले रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते हैं और हर रोज अस्पताल में 2000 से ज्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं दुनिया में ओमिक्रॉन केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए बूस्टर डोज को अहम उपाय माना जा रहा है इसीलिए इंग्लैंड जैसे देशों में लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है लेकिन भारत में बूस्टर डोज को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है बूस्टर डोज के फायदे के एविडेंस आरोप अभी भी बहस चल रही है मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है और ओमिक्रॉन का जहां तक अभी मालूम चला है कि बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस कॉज नहीं कर रहा है यूजली माइल्ड इल्नेस है जो अभी तक के सबूत आ रहे हैं जो भी वैक्सीन है जो इम्यूनिटी दे रही है इस ये देखा गया कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट उतना नहीं कर रही है सीवियर इल्नेस को ज़्यादा प्रिवेंट कर रही है तो अगर हम ओमिक्रॉन के केस में कहें तो पहली चीज़ तो सीवियर इलनेस है ही नहीं अधिकतर जो भी इल्नेस है वो बहुत माइल्ड इलनेस हो रही है तो क्यों देना बूस्टर का इस प्राइस पे देते हैं कि यह जो है इम्यूनिटी बढ़ाएगा और बीमारी को रोकेगा अभी तक जो भी ग्लोबल साक्ष्य है हमारे पास वो ये दर्शाता है कि वैक्सीन जो है सिवियरिटी और डेथ कम करता है इन्फेक्शन को रोकने में कारगर उतना नहीं है तो बूस्टर डोज पर अभी एक्सपर्ट एक नहीं है एक राय नहीं है कुछ जानकारों को यह लगता है की तीसरी वेव रोकने के लिए बूस्टर डोज देना पड़ेगी लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन होता रहेगा और ये पता ही नहीं है कि म्यूटेट होकर जो वायरस अपने आप को तैयार करेगा वो खतरनाक कितना होगा तो क्या हर बार बूस्टर शॉट इलाज होगा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे